हे मेरी यानी बिजली कहाँ गिरी तोरे दादा के करेज़ा पे गिरी दो तो गल अपने घर में ना जाके मजाक करता